मेरे वतन के दौर जरा लो पानी बणी सरिया डर याद करो गुरू भाई मानी खतरी में जब घायल आई माली पथरी में पढ़िया जाम तक थी सास लड़े मम तक थी सांस लड़े वी <Marvel> फिर भी बंधुपाले दस दस को एक ने मारा फिर गिर गिर गाले जब अंक समय आया तो